हेलो दोस्तों नमस्कार मेरे यूट्यूब में आपका स्वागत है फार्मासिस्ट में आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे हाय दोस्तों कैसे हो आप सभी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डी एक्स फार्मासिस्ट में तो आज हम बात करेंगे यूपी फार्मासिस्ट एचएनएम 17000 प्लस भर्ती में जो नोटिस जारी हुआ है अभी अभी उसके बारे में एनालिसिस करेंगे और नॉमलाइेशन के बारे में बात करनी किन लोगों को नॉनसन मिलने वाली है तो जो मेरिट है आपकी वो यू बी सी कैटेगरी वाइज हम एनाइसिस करेंगे तो उसके बाद आप वीडियो में लास्ट तक बने हैं और आप वीडियो वीडियो अंत तक देखो अच्छा लगे तो आप लाइक प्लीज शेयर तो आपकी जो यू आर कैटेगरी जो फाइनल लिस्ट है उसकी हम बात करें तो आपकी आपकी यू की जो है मेरिट वो रहने वाली है त्रेपन प्लस तिरपन प्लस ओबीसी की जो रहने वाली है उसकी हम बात करें तो चालीस प्लस डीवी के लिए जो स्टूडेंट बुलाए जाएंगे वो डीवी डीवी के लिए जो स्टूडेंट बुलाए जाएंगे वो पैंतीस प्लस पर बुलाए जाएंगे और जो जनरल कैटेगरी की बात करें तो हम पैंतालीस प्लस पर डीवी के लिए बुलाए जाएंगे उसके बाद फाइनल का टॉप लगेगी तो आपकी चार पाँच नंबर का डिफरेंट रहेगा और एस जो, जो कैटगरी की हम बात करें तो 35 वाले का नंबर पक्का ही पक्का श्योर आ जाएगा और एसटी वाले की बात करें तो एसटी वाले के लिए 30 नंबर बहुत बने हैं इसलिए पूरे पूरे तरह हो जाएगा उसका अगर आप सही कितने नंबर बन रहे हैं तो आप डी के लिए तैयार हो जाए और अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें तो हम नॉर्मलेसन की बात करेंगे अब जो तो जनरल कैटेगरी यू और ई मिनिमम तैतीस मार्क्स एंड तैतीस मार्क्स मार्कआउट सौ नंबर से होनी चाहिए इसका मतलब ये है कि आपके 100 में से तैंतीस ती, नंबर लाना टेस्ट में अनिवार्य है। अगर आपके इतने नंबर नहीं हैं तो आप ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं और जब ओ बी सी कैटेगरी की बात करें तो हम तो मिनिमम 30 परसेंट मार्क्स मार्क्स आउट तो 100 परसेंट मतलब 100 में से 30 नंबर लाने ज़रूरी ही है। अगर इससे कम है तो आप डी के लिए मोटिवेटी मोटिवेट हो जाए है नहीं आपका नंबर